पंजाब के लुपियाना में संत निरंकारी मिशन और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सिविल हॉस्पिटल में सफाई अभियान चलाया गया इसमें करीब 500 सेवादारों ने अपना भरपूर योगदान दिया संत निरंकारी मिशन हर वर्ष 23 फरवरी को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर वर्षों से सफाई अभियान चलाया जा रहा है